ओहो काजल कितनी क्यूट लग रही हो क्या बात है तू तो फिर भी सोर ही लग रहा है तीज़ी। तीज़ी। क्या? तुम्हारा, हाँ? तुम्हारा क्या? मैं तो अच्छी से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ हाँ?